ठीक बा समी जी लड़का तो हमारा पसंद है बा तो बउओ तु बतावा कहाँ पढ़े ला आ ना बाड़ी न आंगनबाड़ी अंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी में यही पूछी लड़का से शादी ना करेगा शादी कैसे नहीं होगा रे नहीं करेगा क्या कर लीजियेगा